हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप बहुत अच्छे होंगे तो हमेशा की तरह मैं कंटेंट और लेकर के आया हूं तो आज का कंटेंट मैं बता दूं आपको ये हमारे पास एक Y2 है फ़ोन जैसा कि आपको यहां पे मॉडल में दिखा दूं यहां पे M वन एट जीरो थ्री ई सिक्स आई यहाँ पर आप मॉडल देख सकते हैं ये हमारा Y2 फोन है अब इसमें देखते हैं फारपी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ फ्रेंड हम इसकी ये बाईपास करने वाले हैं बिना किसी डोंगल के बिना किसी कंप्यूटर के तो चलिए पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें फार लगा भी हुआ है कि नहीं लगा हुआ है तो नेक्स्ट इंडिया और यहाँ पर कर देंगे हम स्किप और यहाँ पर हम कर देंगे नेक्स्ट और यहां पे हम कर देंगे स्किप और यहां पे कर जब देंगे नेक्स्ट अब यहां पे हम कर देंगे मोर और यहां पे कर देंगे एक्सेप्ट और फ्रेंड और यहां पे कर देंगे स्किप और यहां पे फिर से करेंगे नेक्स्ट और इसकी फारपी देखते हैं कि एक्चुअल में लगा हुआ है एक नहीं लगा हुआ है तो यहां पे जैसे आप करेंगे तो एक मैसेज आपको दिखाई दे रहा है नॉट सिंग का एक मैसेज यहां पर सेटअप फ़ोन यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो इसमें लगा हुआ है गूगल अकाउंट तो इसके फारपी रिमूव करेंगे फ्रेंड बिना किसी डोंगल बिना किसी टूल के तो वीडियो को लास्ट टीम तक देखिएगा अगर ये वीडियो आपको पता है तो प्लीज़ आप स्क्रिप्ट कर सकते हैं नहीं तो लास्ट टाइम तक देखेगा लाइक सब्सक्राइब करके जरूर बताएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड जैसा कि हमने यहाँ पे इंट्रो आपको दिखा दिया था तो चलिए यहाँ पे फटाफट इसके फारपेट आते बहुत ही कम समय में इसके फार पे रिव्यू हो जाएगी पर फ्रेंड आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएगा और लाइक और शेयर तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फटाफट फिर से वही प्रोसेस नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर भी इंडिया को सलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर अभी कोई भी वाई सेलेक्ट नहीं करना है मतलब वाईफाई कनेक्ट नहीं करना है यहाँ पर हम कर देंगे इसको स्किप और इस कहाँ पे जाएंगे यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट जाने के बाद यहाँ भी हम कर देंगे स्किप यहाँ भी कर देंगे नेक्स्ट अब उसके बाद यहां पे भी आपको मोर एक्सेप्ट कर देना है उसके बाद जस्ट अ सेकेंड आएगा एक मैसेज अब यहां पे आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा सेट पासवर्ड का फ्रेंड आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा तो आपको यहां पे एक पैटर्न लगा देना है फ्रेंड तो यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे, तो ये जैसा इंटरफेस आप देख रहे हो ये पैटर्न का एक दिख रहा है तो यहाँ पर आपको सिंपल से सिंपल एक पैटर्न लगा देना है आपको यहाँ पर आप पिन पैटर्न पासवर्ड कुछ भी यूज़ कर सकते हो तो मैं यहाँ पे पैटर्न लगा देता हूँ तो यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है आप कुछ भी पैटर्न बना सकते हैं तो मैं यहाँ पे एल बना दिया अब यहाँ पर आपको करना क्या है एक बार नेक्स्ट कर देना है और उसके बाद अब आपको जाना है बैक फिर से आपको बैक जाना है फिर से बैक जाना है फ्रेंड और यहाँ पे अब आप आप आपको वाईफाई कनेक्ट करना है तो फटाक से हम इसमें वाईफाई कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड हमने देख सकते हैं मैंने अपने फोन का यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट कर दिया है अब यहाँ पे हमें करना है स्किप नहीं करना है फ्रेंड आपको करना है नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे एग्रीमेंट को आपको कर लेना है कंटिन्यू और यहाँ पर हम करेंगे नेक्स्ट तो यहाँ पर भी आपको कर देना है स्किप और यहाँ पर कर देना है नेक्स्ट अब यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड नेक्स्ट कर दिया हमने ये आप किसी भी वीवो में आप वीवो या चाहे एम जो भी फ्रेंड हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो 100 परसेंट काम करता है ये मेथड बाकी आप मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ चेकिंग फॉर इन्फो अपडेट इंस्टॉल अपडेट यहाँ पे कर रहा है तो देखते हैं कि हमारा काम करता है कि नहीं करता है फ्रेंड सारी चीज़ें यहाँ पे हम यहाँ पर करने वाले हैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है ये आपके वाईफाई के ऊपर निर्भर करता है कि कितना आपका वाई फाई स्ट्रॉन्ग है ये वही मॉडल है मैं आपके सामने यहाँ पर लाइव कर रहा हूँ फ्रेंड आप यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हो बट आपको फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब शेयर बहुत ही कम समय में इसकी एफआरपी रिमूव हो जाएगी यहाँ पे आप देख सकते हो तो अब यहाँ पे कर देना है डोंट कॉपी डोंट कॉपी करने के बाद जस्ट ए सेकेंड फिर से एक मैसेज आ रहा है आपके यहाँ पे तो चेकिंग फॉर इन्फो अब जो आपने यहाँ पर पैटर्न डाला था वही पैटर्न आपको यहाँ पर वापस डाल देना है तो हमने यहाँ पे इसको पैटर्न को वापस डाल दिया हुआ है जो हमने पैटर्न वहाँ पर क्रिएट किया हुआ था वही पैटर्न यहाँ पर पूछा तो यहाँ पर चेकिंग इन्फो हमने वही पैटर्न को यहाँ पर डाल दिया है अभी चेकिंग इन्फो कर रहा है और हमारी एफ चुटकी में रिमूव हो जाएगी तो आपको एक मैसेज दिखाई दे रहा होगा स्किप का एक ऑप्शन आ रहा होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्किप का बटन पे और स्किप एनीवेज और हमारी फारपी रिमूव हो चुकी है फ्रेंड तो ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा चलिए देखते हैं कंटिन्यू कि हमारी फार एक्चुअल में रिमूव हुई है कि नहीं हुई है तो चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं नेक्स्ट और नेक्स्ट कर दिया हमने यहाँ पर थोड़ा सा टच में इशू है बाकी कोई दिक्कत नहीं है तो फिर से आ गए हम क्लासिक तो यहाँ पर हम कर देते हैं नेक्स्ट अब ये देखिए फिर से आ गया अब ये लास्ट प्रोसेस है फ्रेंड आप देख सकते हैं सेटअप स्टार्टअप तो यहाँ पे आप कर देंगे कंटिन्यू और देखते हैं कि हमारी एफ रिमूव होती है कि नहीं तो गाइज ये देख सकते हैं ये वही फ़ोन था चुटकी में एफ आर बाईपास बिना किसी डोंगल बिना किसी टूल के कि यहाँ पे आप देख सकते हो एफ हमारी रिमूव हो चुकी है तो आई होप ये फ्रेंड आपको ये फ़ोन ये ट्रिक अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा थैंक यू सो मच मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू